के हम कुफरी के कौन सा कुफरी का जू है ना कुफरी के जू में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमें पहला जानवर जो देखने को मिला है वो मिला है ये कुत्ता अब हम आगे चलते हैं देखते हैं आगे Black क्या मिलेगा दूसरा जानवर है हमारा डियर है तो दो दो कुछ तो है ना कुछ तो है चलो तुम चलो आगे बस बस कोई बात तो नहीं खींचेगी फोटो हम वीडियो बना रहे फोटो क्यों खींचेंगे अब यहाँ पर तो जानवर ही नहीं दिख रहा और देखो तो खाली बाड़ा रखा हुआ है एक तो निकाल ले कैमरा तो कैमरा और ये यहाँ पर बारा का बच्चा डर गया देख कर हमारे बालू को <laughs> बालू आ आ रहा है वो हमारे पीछे इसको गजिट के लाना पड़ेगा अरे तो ये तो नहीं आगे चल ये है शेर शेर की शेर की ये ये भी वही है ये बच्चा, बच्चा। अभी बच्चा है कितना कंफ्यूज है ये लोग एक जानवर के लिए वो ऊपर देखो ऊपर उ... था ये है कुफरी का नजारे जो, जो हो सके ना हमारे <laughs> पड़ती होगी बहुत पढ़ते है भाई।, भाई अब ये सोचे यहाँ पे जानवर किस तरह के मिल सकते हैं यहाँ पे फालू मिल सकता है आपको फालतू से फालतू <laughs> अच्छा। सच है एक और शेर हमें मिलता हुआ ये में टाइगर है, में वो है।, है अब, अच्छा अब ये शायद कोई नई तरह का जानवर देखने को मिला गया लामा कहते हैं इसको क्या कहते हैं नहीं प्रजाती हिरण की है सारी बारह सिंह आए देख भाई ऐसा ऐसा के के बाद में पता पता नहीं इसका तो देगा देगा लगाया पेड़े मार बारह सिंघा ये बारा सिंह मिल गया लेडीज और जेंट्स में कुछ फर्क होता भाई वो लेडीज हो सकती है शायद हो दवा रखी तुम